इंडिया में रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है जिसकी ओपनिंग उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है और इसका रकबे की अगर बात की जाए तो 130 एकड़ पर यह फैला हुआ हॉस्पिटल है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन सबसे ज्यादा अहमद प्रोग्राम में जा चुका है आखिर क्या वजह है की इंडिया आबादी ज्यादा होने के बावजूद भी हेल्थ सेक्टर में हेल्थ केयर में हमारे से यानी पाकिस्तान से आगे है कि हमारी लीडरशिप ने हमेशा हमें यही बताया कि हमें यूरोप से अमेरिका से मुस्लिम दुनिया से एड आएगी तो हम तभी गुजारा कर सकेंगे आईएमएफ के पास जाएं कि हमें दें कर्जा आइए कर्जे के लिए पैसे चलाएं और हम बैठ के रोते रहें इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज में है की बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करते है आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान ऑलरेडी फूड शॉर्टेज पे जाएगा उसको सबसे ज्यादा फूड का इशू आएगा इंडिया जो कि हमारा हमसा मुल्क है यहाँ से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं जी जी वहाँ पर अगर दुनिया के हवाले ऐसी बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर निज़ाम है हेल्थ का और उधर आबादी हमारे आपको पता छुना ज्यादा है। फिर भी हमारे ऐसी बेहतर निजाम कैसे है क्या वजह उसकी वजह यह है की हमारे हुक्त है बीमारी ऐसी चीज है जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी किसी हेलो दोस्तों जय हिंद स्पेशल जी जे न्यूज़ में आपका स्वागत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े निजी मल्टी स्पेशलिस्ट अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया आध्यात्मिक नेता माता अमृता नंदमयी देवी ने इसे स्थापित किया जिन्हें प्यार से अम्मा के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रीय राजधानी के पहाड़ी इलाके फरीदाबाद में एक एकड़ में इस हॉस्पिटल को बनाया गया अब तक इस हॉस्पिटल में कुल चार हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं छब्बीस बिस्तरों वाला ये हॉस्पिटल लगभग एक करोड़ वर्ग फुट के एरिया में फैला हुआ है हॉस्पिटल के अधिकारियों का कहना है कि इसमें 1200 से अधिक कर्मचारी 700 डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे हरियाणा के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पंजाब के मोहाली पहुंचे यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने होमी बाबा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया अब पाकिस्तानी मीडिया भारत में एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल के होने से सदमे में पड़े हैं तो आइए देखते हैं वीडियो इंडिया में रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है जिसकी ओपनिंग उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है और इसका रकबे की अगर बात की जाए तो 130 एकड़ पर यह फैला हुआ हॉस्पिटल है आज मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ यहाँ पर हम पाकिस्तान की आवाम से पाकिस्तान के पेशेंट से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया आबादी ज़्यादा होने के बावजूद भी हेल्थ सेक्टर में हेल्थ केयर में हमारे से यानी पाकिस्तान से आगे है और सेकेंडली अगर वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आता है साठवें नंबर पर और इंडिया आता है 44 नंबर पर कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है यहाँ से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं जी जी वहाँ पर अगर दुनिया के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर निज़ाम है हेल्थ का और उधर आबादी हमारे से ज्यादा है। आपको पता तो है उधर तो तीन गुना ज्यादा आबादी है छह गुना ज्यादा आबादी फिर भी हमारे ऐसी बेहतर निजाम कैसे है क्या वजह उसकी वजह ये की हमारे हुक्म बिल्कुल करप्ट है ये जो भी कुछ आता है अपनी जेब में डाल लेते हैं अब देखो उन्होंने बिल कितने कितने भेजे हैं बीमारी एक ऐसी चीज है बीमारी ऐसी चीज है जब दर्द तो होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी किसी से भी इलाज करवा लो तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करो सर जाएगा ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा वो जो अंदर दर्द बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होती और वो बदतमीजी से बात करते हैं उनको कोई तमीज नहीं वो अपने फ्रूट खा रहे हैं अपने गप्पे लगा रहे हैं लड़कियां लड़के उनको नहीं है मर रहा है कोई जीरा है मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं इस फील्ड से आपको क्या लगता है, है। तो की की वो खुद अपनी मेडिसन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान से कदर बहुत बेहतर है उसकी क्या वजह सर वहाँ पे आबादी हमारे से छह गुना ज्यादा है और आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जहां आबादी ज्यादा होगी वहां पर हेल्थ के मसाइल ज्यादा होंगे तो फिर उन्होंने उसे कैसे कवर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी वो हमारे से आगे हैं हम आते हैं तकरीबन सिक्सटी नंबर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम कंट्रीज को देखा जाए वो आते हैं फोर्टी नंबर पर तो क्या वजह समय इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज में है कि बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएँ तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपकी लोकल जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ के मेडिकेशन ड्रग टेस्टिंग लैब के जरिए टेस्ट करवा के लोगों तक पहुँचाई जा रही है लेकिन फिर भी लोगों का अहतमान उस तरह से बहाल नहीं हो पा रहा शायद लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है अगर हम इसको बिल्ड करें तो हमारे जो मेडिकेशन बहुत महँगी अद्वियात जो हम खरीदते तो हमें दाम में को हमारा अपना उसमें। आ, शायद लेकिन हम लेते हैं तो ब्रांडेड या फिर यूज करना बेहतर समझते हैं मुझे यह बता दें लास्ट में अगर ये थी आपने अब अगर हम जर्नल एक कॉमन सा क्वेश्चन कॉमन पब्लिक के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है जो सरकारी अस्पताल और इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर और सरकारी अस्पताल हैं क्या समझते हैं कौन सा बेहतर है और क्या वजह सिर्फ एक लाइन में आपने रीजन बतानी है जो आपके ख्याल वर्मेंट सेक्टर में हमारे यहाँ मैं जनरल हॉस्पिटल या सर्विस हॉस्पिटल लेकिन अद्वियात का जो मैं शायद उस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्डिंग जिस तरह से होना चाहिए तो लोग वहां से मेडिसिन ले लेते हैं लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें जो अद्वियात जो मल्टी नेशनल कंपनीज की होती हैं जो ज्यादा जिनका ट्रस्ट है जो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ला रहे हैं या बायर के लाइसेंस और पाकिस्तान में मैन्यूफेक्चरिंग हो रही थे उन पर उनका एक ट्रस्ट बन चुका है लोगों के पास शायद अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन उस तरह से प्रोबर प्रेस नहीं कर रहा पाकिस्तान में फार्मेसीज पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं अच्छा डॉक्टर साहब आपने दुरुस्त फरमाया मेरा बड़ा सादा से एक सवाल है तो ये जो सारे मसाइल हैं क्या हमने वो आईएमएफ एम एफ बेलोड पर जिंदा रहना मैं रियात पाकिस्तान की बात करूँ यहां पे सारी पार्टीज आ गई चार जनैल भी आ गए तो क्या हमने हमारे ये इतनी अकल है इतनी हमारी सलाहियत है कि हम आईएमएफ के पास जाएं कि हमें बेलोड दें कर्जा देना कर्जे के लिए पैसे चलाएं और हम बैठ के रोते रहें इससे इस, इस साइकिल से हम किसी तरह बाहर आ सकते देखिए मैं जो दास्तान है पाकिस्तान के दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तकरीब सबसे ज़्यादा आई प्रोग्राम में जा चुका है सबसे पहला आई प्रोग्राम जो था वो मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में किया गया था 1988 में उसके बाद में आज हम तेईसवें प्रोग्राम में मौजूद हैं अब आप ये सोचिए कि तकरीबन 40 45 पैंतीस 40 साल के रेंज में तकरीबन हर दूसरे साल पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में जा चुका है इसके बरक्स हिंदुस्तान एक ही दफ़ा गया है और बांग्लादेश तीन मरतबा हमारे साथ मसला यह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि मुश्किल जो डिसीशन है अब आप देखिए कि आप खर्चे का जो पैमाना है वो आसमान तक जा चुका है इस साल हमारे खर्चों का लेवल 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वा इस साल हमें कर्जों की वापसी पर इक्कीस अरब डॉलर दे होता ये कि ये जो हम बाहर से पैसा लेते हैं हम उसको अपने तजारती खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है और पैसे वापस करने की सलाहियत उसमें कोई इजाफा नहीं होता